मुझे तुम्हें पाने या ना पाने की हसरत नहीं है क्योंकि तुमसे प्यार करने के लिए मुझे तुम्हारी ही जरूरत नहीं है मेरा यकीन मानो मैं तुमसे दूर रहकर भी खुश रह सकता हूँ तुम्हारी आंखों में जो पानी भरा है उसमें किसी बेसुध मछली की तरह बह सकता हूं तुम्हारे लिए कुछ घंटे क्या पूरी जिंदगी कर सकू ये वो इंतजार है यह सच है जो तो तुमसे एक तरफा था